presented by GSM music babu chhena poita babu chhena poita come my gayatri recording studio ला ली ली मैं लाली लाली होटल लगा के हो फरक में जिंस देखे न सॉरी, बापू के न पैसा कौड़ी चले उतन भगे छोरी बापू के न पैसा कौड़ी चले उतन भगे छोरी। हारे मटकी के नहीं जान छोटे नहीं नहीं जा नहीं छे, की, दिल चला को है पैसा कौड़ी चल उ बापू के न पैसा कौड़ी छोड़ी पढ़ी रही पैजामा उलट हजमाना उलट हजम बात के मान राीवाना सात कोट अंगरे बापू के ने पैसा कौड़ी चले छे उगे छोरी बापू के पैसा कौड़ी चले छे रे उगे छौरी